हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में आज हम देखने वाले है काम बाली वाई और चूहा भैया तो वर् निकले सबको बहुत डर लगता है चूहे से कहा मैं तो नहीं गया होगा पूरा साफ करना पड़ेगा इधर सब कुछ तो साफ हो गया साफ हो गया साफ हो गया तो नहीं होगा ना यहाँ पे नहीं होगा भैया दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आपकी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें